तू तो कम नाला ना लागे लुक ज्ञान तेरा किलर ऐश्वर्या और कैटरीना तो थारे आगे किल्ल एटी हाईवे पे गाडी आज बगाएंगे गाडी आज बगाएंगे बड़ बैठ पजैरों में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे घर बैठ पजैरों में आप अलोंग ड्राइव जाएंगे घर बैठ पजैरों में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे बनाएंगे लोटी नोटी, नोटी बात थारी टच कर गई मन्ने ने बिंथारे दिल कठे न लागे सच बता तू तन्ने की फीलिंग वाले अंग्रेजी गाने गाएंगे गाने गाएंगे बैठ पचहरों में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, तू बैठ पचहरों में अब लोंग डराइव जाएंगे तू बैठ पचहरों में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे आगे ले फंगा बजा दे वांगे बारा तू जूचक दीता हैडपंप और याद गदर का तारा गलत काम जो करेगा साला नंगा उसे दौड़ाएंगे नंगा उसे दौड़ाएंगे भैन बैठ पजैरों में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे भैन बैठ पजैरों में आप लौंग डराइव जाएंगे भैन बैठ पजैरों में ए गए सपना से तू कंगा ना गिर लुक गया तेरा किलर ऐश्वर्या और कैटरीना तो थारे आ गए किल ए पे गाडी आज बगाएंगे गाड़ी आज बगाएंगे गण बैठ पंजैरों में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे घर बैठ पंदेरों में आप लॉन्ग ड्राइव जाएंगे घर बैठ पंजेरों में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे हैप्पी बर्थडे मनाएंगे